गुड मॉर्निंग सुबह का टाइम हुआ है सात बज के दस मिनट और खाटू श्याम हम पहुंचने वाले हैं है, रिंगस रिंगस तो निकल गया नहीं कुछ देर में खाटू श्याम पहुंचने वाले हैं भाई रास्ता बहुत खराब था मील मीटर है खाटू श्याम जी रेलवे रेलवे स्टेशन रिंगस रिंगस पहुंच चुके हैं ऊपर चलना हाँ सीधा ऊपर चल के चलना तो है यहाँ से हमें लेफ्ट होना है लेफ्ट लेफ्ट होना और खाटू श्याम जी के लिए यहां से लेफ्ट हो जाएंगे और खाटू श्याम जी का निशान लेके यहां से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है यहीं से लोग पैदल शुरू कर देते हैं चलना देख रहे हैं गाड़ियाँ चालीस रुपये किराया ऑटो तो रॉन्ग साइड लेके जा रहा है आज एकादशी है ना तो भीड़ ज़्यादा है यहाँ से कितना किलोमीटर है चार किलोमीटर है खाटू श्याम जी का निशान लेकर निकल रहे हैं यहाँ से बहुत भीड़ मिलने वाली है चार किलोमीटर के रास्ते में देख रहे हैं बैदल लोग चले आ रहे हैं देख रहे हो क्या कर रहे हैं कुछ नहीं समझ क्या रहा है? आ, रहे हैं। में है वो भाई साहब हमारे आगे चल रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करने वाले हैं है चला रहा है एकदम से ब्रेक लगा दे रहे हैं खाटू श्याम दरबार में और ये मेन गेट आने वाला है आगे आज बहुत भीड़ है अभी तो यहाँ पे मेला भी स्टार्ट होने वाला है आज से मेला भी स्टार्ट हो जाएगा होली तक चलेगा जरा खाटू बाबा का दरबार मेन गेट कहीं खड़े कर रखे हैं लोग दरबार है आओ भाई आओ चलो फोने पर यही है अपनी फोने वाली दुकान पुरानी से से लेगा यहीं से तो लेते हैं हाँ 구라 하면 되네 चलो अंकल जी आगे कर एक साथ जितने हैं साथ में उतने भी साथ में रहे हो गया पीछे से फिर ऊपर बाबू दिलीप प्रभाजी बाबू दिलीप प्रया बहनो आप भी चाहिए आजाद मिश्रा मंदिर के सामने मंदिर के कर रहे हैं आप भी हो मंदिर के तार। वे तार। वे तार।